हेलो दोस्तों अगर आपसे मैं ये बोलूं कि आपको अपने YouTube चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं करना है और आपको अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना है मतलब बिना वीडियो अपलोड किए अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो शायद आप ये बोलोगे कि भाई आप पागल हो गए हो क्या बिना वीडियो अपलोड किए सब्सक्राइबर कैसे बढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि ऐसा हुआ है लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना वीडियो अपलोड किए सब्सक्राइबर कैसे बढ़े तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं है और बिना वीडियो अपलोड किए इस चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो देखा आपने बिना वीडियो अपलोड किए चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस चैनल पर पहले वीडियो अपलोड होगी बाद में डिलीट कर दी